की वीडियो है ये है कैंडलिस्टिक पैटर्न जो हमारा कैंडलिस्टिक पैटर्न चल रहा है उसका बोलित समझते हैं कैसे बनना चाहिए तो दोस्तों के लिए सबसे पहली बात तो मार्केट ध्यान में रखिए ये तीन कैंडलों का पैटर्न है ये तीन कैंडल का पैटर्न है जो इसमें पहली कैंडल बनेगी वो कैंडल होगी आपकी रेड कैंडल पहली कैंडल होगी रेड कैंडल और ये थोड़ी सी बड़ी रेड कैंडल होनी चाहिए ठीक है तो दूसरी कैंडल होगी वो होगी ये दूसरी कैंडल में कलर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जो दूसरी कैंडल बनेगी उसमें कलर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो दूसरी कैंडल कुछ भी हो सकती है लेकिन ध्यान रखिएगा दूसरी कैंडल जो होगी वो गैप डाउन ओपन होगी ठीक है दूसरी कैंडल हमारी गैप डाउन ओपन हो गई अब जो तीसरी कैंडल होगी वो बुलिस कैंडल होनी चाहिए ंडल तो हो, हो, हो, हो सकती है ठीक है दूसरी जो कैंडल होगी वो होगी छोटी कैंडल थोड़ा इसको नीचे जो ये दूसरी कैंडल होगी वो छोटी कैंडल होगी ठीक है छोटी कैंडल हो सकती है बॉडी नहीं भी हो सकती है चलेगा थोड़ा ठीक है जो दूसरी कैंडल होगी पहली कैंडल होगी वो बड़ी रेड कैंडल होगी जो दूसरी कैंडल होगी वो छोटी कैंडल होगी वो रेड हो ग्रीन हो बिना कलर की होलर को का कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखना है, है। जो तीसरी वो बड़ी ग्रीन लेकिन ध्यान रखना है जो पहली कैंडल जो रेड कैंडल बनेगी जो पहली रेड कैंडल बनेगी वो बनने के बाद में जो दूसरी कैंडल बनेगी ये हमारी हो गई पहली कैंडल ये हमारी दूसरी कैंडल है दूसरी कैंडल हमेशा गैप डाउन ओपन होना चाहिए और ये दूसरी कैंडल गैप डाउन होना चाहिए यानी बीच में गैप दिखना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि गैप डाउन ओपन हुआ फिर इसको फिल कर दिया ऐसा नहीं बिल्कुल क्लियर यहाँ पे गैप आपको दिखना चाहिए तो ये गैप डाउन होना चाहिए फिर जो तीसरी कैंडल होगी वो गैप अप ओपन होगी यानी जो बड़ी ग्रीन कैंडल होगी वो गैप अब ओपन होगी समझिए तीन कैंडल है ये तीन कैंडलों का पैटर्न है बुलिस अवेंडन बेबी जैसा कि मालूम है ये बुलिस है तो बुलिस रिवर्सल के लिए साइन करेगा यानी ये रिवर्सल कैंडल है मतलब यहाँ से मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा था तो वो अब अप्रेंड में आ जाएगा हो रहा। अबेंडन अबेंडन का लोगों ने जो भी कैंडल स्टिक बनाई थी ना उसका उन्होंने नाम बड़े सोच समझ के रखे थे यानी बुलिस अवेंडन बेबी यानी बुलिस अवेंडन का मतलब होता है छोड़ देना और बेबी का मतलब है मतलब आपको पता है बेबी का मतलब बच्चा मतलब कुछ नवजात बच्चे को छोड़ उन्होंने उन्होंने ऐसा उसको उन्होंने नाम दिया था बेबी देखिए तो देखिए का यूज़ हमारे पे आपको बहुत कम यूज मिलेगा का लेकिन सबसे ज़्यादा जो जो यूज़ करने वाले हैं जिनके पास मतलब मान तो के चलिए कि शायद वो है भारतीय रेलवे भारतीय में जहां भी अपनी जगह यानी जो भी उसकी क्रॉसिंग है पुरानी बिल्डिंग हो गई उन्होंने तो हमारा जो कैंडल है वह बेबी यानी मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है जो बुलिस अवेंडन बेबी पहली कैंडल हमारी रेड बनेगी जो की बड़ी होगी दूसरी कैंडल हमारी किसी भी कलर की हो सकती है बॉडी नहीं भी हो सकती है और देखिये छोटी सी बॉडी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल हम कॉपी पे नहीं चल रहे पे बिल्कुल आ, बुक ने लि, बुक लिखी है उसके हिसाब से नहीं हम लोग प्रैक्टिकली चल रहे लेकिन के ऊपर जाके क्लोध ना हो रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोज ना हो अगर इसके नीचे क्लोज है तब हमारा ये परफेक्ट सेटअप है ये हमारा हो गया है अवेंडेंट बेबी अब चीजें समझ आई मैं आपको एक चीज को बना के दिखा देता हूँ पूरी तरह से तो मान के चलिए यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ से कंटिन्यू मार्केट डाउन ट्रेंड में चला आ रहा है ये देखिए मार्केट यहाँ से मानिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है देखिए सारी कैंडल स्टिक का अपना अपना महत्व है अपना अपना यूज है आप कितना बिलीव करते हो कितनी अच्छी जगह पे चीजों को ढूंढते हो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ढूंढना ऐसा नहीं कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी ग्रीन कैंडल भी बन सकती है एकाध ग्रीन कैंडल भी चलती रहेगी बीच में ठीक है फिर यहाँ पे हमारी रेड कैंडल वापस फिर बन गई, ये रेट केंडल आ रही है और ज्यादातर तो मान लीजिए यहाँ से मार्केट आया और सडनली हमें यहाँ पे जैसे ये, ये रेड कैंडल बनी और यहाँ पे एक हमें कैंडल मिल गई तो यहाँ से ये कैंडल बन गई रेड कैंडल इसको हम पहले से पूरी तरह से अब यहाँ पे हमने एक रेड कैंडल बनी बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे बन जाती है ठीक है ये हमारी एक बड़ी रेड कैंडल हो गई उसके बाद जो हमारी कैंडल बन रही है उसके बाद ही कैंडल बन रही ये हमारी पहली कैंडल बन गई ये पहली कैंडल हमारी बनी बॉडी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है ये देखिये ये गैप डाउन है पहली कैंडल जो बनेगी ये गैप डाउन होनी चाहिए और उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनेगी वो भी गैप अप होनी चाहिए यानी हमेशा इससे ऊपर ही ओपन होनी चाहिए गैप अप एक गैप डाउन और गैप अप हमें दिखना चाहिए ये हमारी है तीनों कैंडल को जो मिला के ये जो हमारे तीनों कैंडल बन गई है ये कैंडल हमारा पैटर्न तैयार हो गया है बेबी का। तो ये हमारा पैटर्न हो गया बुलिस अवेंडन बेबी का पैटर्न हमारा यहाँ पे जाके हो गया तैयार अब यहाँ से क्या करना है सबसे बड़ी बात है जब ये ज्यादातर ये पैटर्न आपको डेली चार्ज पे मिलेंगे फाइव और फिफ्टीन मिनट बहुत कम मिलेंगे रेयर है डेली चार्ज पे भी बहुत आसानी से आपको नहीं मिलेगा उसके बाद जब ये इस हाई के ऊपर यानी जो रेड कैंडल का हाई बना हुआ है जो यानी जो हम बुली सेवेंटीन बेबी की जो पहली कैंडल बनी हुई है उसके हाई के ऊपर निकलेगा तब हम बाइंग करेंगे और ध्यान रखना है कि उसके हाई के ऊपर अगली कैंडल क्रॉस करे तो ज्यादा जाद, तो अच्छा मोमेंटम आपको मिलेगा यानी अगले दिन की कैंडल या अगले 15 मिनट की चार्ज पे, पे आपको कहीं मिल गया तो अगली कैंडल ही अगर बाइंग करें यहाँ पे हम वो तीन कैंडलों का पैटर्न को नहीं दे कि आगे के तीन हमको करना है तभी हमको सेल करना है। यह यहां पे, हम नहीं कैंडल हम ही ऊपर जाए तब हम बाइंग करेंगे जिस समय हम बाइंग करेंगे जैसा कि मैंने बताया अगर हम कैंडल को देख रहे हैं तो एक मिनिमम जो हमारा टारगेट होता है वो होता है एंट्री पॉइंट से स्टॉपलस के बीच में तो हमारा ये स्टॉपलस हो गया ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया और यहाँ से हमारा टू टाइम टारगेट हमारा हो गया तो भी देखिये रेयर रेयर मिलता है ये बहुत आसानी से आपको चार्ट पे देखने को नहीं मिलेगा लेकिन देखिए आप अगर कैंडल स्टिक को सही तरह से यूज कर रहे सही तरह से समझ रहे तो वो आपके लिए बेनिफिट है अगर आप चीजों को सही तरह से नहीं समझ रहे दोस्तों फिर आपके लिए देखिए ये सब क्या होता है इंटरडे में हेल्प करेंगे हमें दिक्कत यहाँ पे बहुत कम रहा है बहुत कम मिलेगी लेकिन जैसे जैसे कैंडल को आप समझेंगे आगे हम सपोर्ट रजिस्ट्रेंट समझेंगे सप्लाई डिमांड समझेंगे जब इन सब चीजों को हम मिक्स करके बनाते हैं तब हमारे लिए इंटर के लिए कुछ चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो बेबी को आप यूज कीजिए और ध्यान रखिए कि बुली का आपको मुझे पे भेजना है। पे आपको मुझे अपना चार्ट भेज देना है उस चार्ट को हम अगले वीडियो में जब हम अगली वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें हम चार्टिस करेंगे चार्ट आपको सारी चीजें समझाऊंगा देखिए मैं दो बार तीन बार एक ही वर्ड को इसलिए बोलता हूँ कि वो वर्ड आपके हैमर हो हो जाए, आपको हो जाए, आपको बिल्कुल याद आपके माइंड में चीजें बस वो। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस का फल आप डेली चार्ट और वीकली चार्ट देख रहे तो डेली चार्ट कम से कम आपको मान के चलिए छह दिन का हमें एक डाउन ट्रेंड मिलना चाहिए जो मिलेगी उसके बाद एक छोटी थी कैंडल मिलेगी छोटी तो कैंडल का कलर का इंपॉर्टेंट नहीं है बॉडी छोटी हो सकती है वो चलेगा नहीं बॉडी होगी तो और अच्छी बात है अगर है, तो भी चलेगा ठीक है और तो भी चलेगा दूसरी चीज क्या होगा एक चीज रखिएगा जब भी ये का जो होगा ना जो भी वॉल्यूम होगा इस रेड कैंडल का जो वॉल्यूम होगा ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम हमेशा इस रेड कैंडल से ज्यादा होगा यानी जो ये रेड केंडल बनी है रेड कैंडल का वॉल्यूम कम होगा मान लीजिए इतना वॉल्यूम है तो ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होगा तो आपको ध्यान रखना है दो मिनट में किस के के तो तरह के वो ट्रेड करता है आपको पिक करने पड़ेंगे वो स्टॉक पे डिपेंड करता है चाहिए। वो चाहिए जो को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं तो हमारे बुरी तमेंट बन गई वॉल्यू का ध्यान रखना है यहाँ पे तीसरी कैंडल में ग्रीन वाली कैंडल में वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होना चाहिए तो इस तरह के आप चार्ट को ढूंढिए हमारे मेल आई डी घनश्याम यादव एट द रेट हॉटमेल डॉट कॉम पर भेज दीजिए उसका मेल आई नीचे भी फ्लैक भी आपको उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया ज्वाइन कर सकते हैं तो दोस्तों पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो बेरी सेवन बेबी के बारे में तो ये बुरी सेवन बेबी इसके बाद बेरी सेवन बेबी दोनों कंटिन्यू कंटिन्यू वीडियो आएगी और आप लोग चार्ट में ढूंढ के मुझे भेज दीजिएगा तो नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा चार्ट की वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियो में आपके नाम के साथ उसको मेंशन करूंगा लास्ट चार्ट में भूल गया था वो मेल आई मैंने डिलीट कर दिया था मैंने चार्ट को तो डाउनलोड कर दिया नेक्स्ट टाइम से मैं भूलूंगा नहीं और आपके नाम चार्ट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा कि कितने बना के भेजा देखिए आप मेहनत कीजिए मेहनत में करने में आपके साथ में भी चल रहा हूँ कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरा नंबर आप लोग को पता ही तो आप लोग मुझे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे मेहमान से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद